लो पेट्रोल पेट्रोल हैं रहे, रहे। था था है है कार्ड कार्ड से से रहा क्या दे रहा रहा है ये दे है अभी इतना तो था सौ किलोमीटर चल जाती है सौ किलोमीटर चले क्या आती है क्या डाल था। था। डाली डाली कि डालती हम, हम लोग तो भाई डालने फुल, फुल, हो फुल, हो भाई फुल हो गया फुल हो गया पचास का बच गया ना गाड़ी गाड़ी का टैंक हो गया हमने देखा ही नहीं था फुल हो गया और पेट्रोल निकल जारे जारे देख पचास रुपए का गिर गया। <hatred> भाई ये पेट्रोल हुआ अट्ठाईसो का पेट्रोल पंप से पाइप बाहर पाइप बाहर यहाँ तक पेट्रोल नहीं ज़्यादा पेट्रोल भरवा लिया तुम्हारे अब यहाँ तक तो वहाँ भैया उसमें आता बस आ रही भाई चार्टेड बस आ रही है अभी अपन क्या बोला था भाई सौ किलोमीटर ऊपर निकल जाते अपन हाँ सही बात है आधी चाय छोड़ के नहीं आया मेरा भाई जरूर पी का मैंने फोन लगाया बगाया था तो तेरा चाय पी के निकाल रही बन रही थी भाई मेरी मम्मी ने तो बोला काय से जा रहा है बहुत बहुत बेकार है रात में भाई तीन बजे तक भाई, भाई मैं जगा बिजली ऐसा हो गया भाई भाई तीनों लूडो लो मेरा फायदा जाएगा मैं ड्राइवर हूँ ये हम पहुंच गए पैरावला आती आती चला रहे हैं? आशी भाई चला? आँगे आँगे चला? गाड़ी आशीष गाड़ी गाड़ी नहीं तो नहीं भाई चलाना तो है आधे घंटे में ही उच्चैन पहुंच जाएंगे मंदिर के सामने ate मेरा yeah. yeah. yeah. का खाना खिला रहा है। कगन आया यो के बस स्टैंड में ले बोल तो सिले स्टैंड जानते हैं मनोज राजपूत को ब्लैक बोर्ड पर वोट देकर हरी मतों से जिता है जिता देना ये गौ माता की ये आ गए हैं आप टोल पहला टोल Because you're the best thing with the bachelors of London United general saturn and I'm getting no more I'll call it down these days and I'm saying and you got a blacker still lots of you are like a tar never really know just what you want with you i don't know the feel gone i could feel so in some of my paw play with me like cats and squirrels You don't understand the pain of pain You don't ever want again You don't ever want to set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you can give it with the evil door Got me coming back for more even when I've been screwed Dolls full of sins Here's my heart for you Sugar so way too many issues in my head I like you with my bed but you keep me on bed, oh.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 slide me confusing was it me is it me i might have done i'm the one who's always sorry the confusion even though i offer all of the solutions i wish you love me like i love you it's stupid belt belt maarunga kya kar de raha hai idhar se are iski amma shaanti le raha है? अरे पीछे गाड़ी खड़ी ना <laughs> लेकिन सी एच है अपनी गाड़ी का CS, हो गा क्या दिकत्ति। दिकत्ति हो क्या ये हो, हो गया है स्कैन स्कैन रुपए ये ये नहीं रहा तेरा ही नंबर है ना न है? आ तो पागल आगल समझ आया जाम हो गई क्या मशीने मशीने हो गई हैं हाथ तो गया तेईस सत्तावन उस पे अच्छा डाले हो होना अंदर से कर देते हैं पता नहीं आज क्या हो रहा है भाई आज नहीं हो रहा आज तो चोट हो गई है हमारे साथ हो गई है चोट बारिश में क्या खराब है क्या? खराब नहीं हुआ कुछ और है। और है। ये क्या यार? चार सत्तर का रोड <laughs> <laughs> <laughs> जब मेटूंगा तो वेट कर देंगे चार बजे पाँच मत मतलब ब्लॉगिंग चल रही है प्राइस <laughs> <laughs> तो बीच में किसी और को मत मतला